हेलो गाइज स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक यूनिक टूल्स बनाया जिसकी मदद से हम ईंटों को एक जगह से उठाकर के दूसरी जगह ले जा सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना